होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने तो और भाई लोग क्या हाल चल भाई आप सभी लोग को और भाई कैसे चल रही भाई आपकी भाई रैंक रैंको तो इसी में तो भाई में में मेरा जो भाई करंट टायर हो भाई में डायमंडेला तो नहीं भाई दो चार दिन से तो भाई हम फिलहाल भाई हम ये एसी करेंग भाई, करेंगे ताकि हम बहुत जल्द बहुत आसानी से पहुँच जाए फर्स्ट वीक के अंदर ही कौन लगा दिया नेक्स्ट सीजन तो भाई बात कर लो भाई ये वाले गेम की तो ये गेम है भाई डायमंड फाइव का है तो भाई हम अपने प्लेस पे आ चुके हैं सबसे के लिए हम भाई यहाँ पर लुटपाट करते हैं तो भाई हम इस घर भाई आ जाते हैं हमें भाई बस एम्पोर इस कार भाई खोज रहा था भाई ये हम भाई तीन नालू कोई हटा के भाई गन चाहिए थी दूसरी यार एम सिक्सटीन को के तो भाई दो चार घर थे चलो हम भाई इसको लूट लेते भाई मिल गए तो अच्छी बात फिर भाई इसी काम चलाना पड़ेगा और भाई यहाँ पे भाई एक बोट आ जाता है मैं और हमको भाई भाई भाई स्कारल फाइनली मिल जाती है यहां से मैं बग्गी उठा के भाई जा रहा भाई ड्रॉप लूटने के लिए हम भाई सामने वाई ड्रॉप यहाँ पे मेरे को भाई थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ये बंदा भाई जरूर भाई ड्रॉप आता रहता है आगे देखो भाई भाई क्या इस क्या होता है जैसे भाई मैं ड्रॉप पास पहुंचता हूँ वैसे स्मूक करके भाई ड्रॉप लूटता हूँ लेकिन भाई ड्रॉप भाई कुछ रहता ही नहीं हमारा पॉपट हो जाता है मेरे को भाई पता था कि भाई वही बंद लूट के यार यहाँ पर मैं भाई बग्गी स्पॉप जाती है आगे देखो भाई बंदे में कैसे निकालते हैं भाई थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन भाई इसको निकालते हैं आराम से यहाँ से बंदा भाई भाग जाता है लेकिन इसका भाई पीछा भाई जरूर करेंगे छोड़ेंगे नहीं इसको आखिरी में मार ही देते लास्ट को लास्ट टाइप और भाई ध्यान देना मेरे बग्गी का भाई फील कितना भाई जरूर भाई नोटिस करना आगे देखो भाई मैं इसी कारण भाई फर्स जाता हूँ आगे यहाँ पे हमको भाई एक बाइक मिल जाती है आपके सामने के के सामने घरों से भाई लेके आते हैं तो आप भी फूल कन भाई कैरी किया तो था वो भाई सामने से एक भाई रुका था मैंने उसको स्पॉट कर लिया था इसलिए भाई मैं करता हूँ भाई अपने वक्त भाई फूल वर्क भाई चलेंगे भाई उस बंदे को निपटाने के लिए भाई वाला बहुत था लेकिन फाइनली हम इस इजी क्लिक अभी के लिए मैं भाई यही में होल्ड कर रहा था भाई अगला दोन माइजरी तक नहीं बने भाई तो माइजरी होल्ड करेंगे भाई जैसे अगला जोन बनता है वैसे बनवाते आपने तो भाई देख ही लिया है कि यहाँ पे एक भाई यूज भाई रुक चुकी है तो देखो भाई हमारी वेबसाइट कैसे हो चुकी था तो देखो भाई अगर आपका ये नेट ने भाई अच्छा लगा रहा तो जरूर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब भाई कर देना ठीक है मुझे लगता है कि भाई ये यूज वाला जो भाई बंदा था मेरे मैग्नेट से अब मैं जाता हूँ भाई लूटने के लिए और बंदा था जो भाई कैम्प कर रहा था वो भाई, भाई यूज वाला ही था और जो भाई दूसरा था ऊपर भाई पहले से हम होल्ड कर जो रुका मैंने भाई पहले ही फायर कर बट लेकिन तो ही नहीं होता है तो भाई आज की भाई इतनी खत्म होता है अगर आपको भी भाई अच्छी लगी तो लाइक्राइब भाई जरूर कर देना जो तो बाई न्यू आ रहा है और मुझे भाई ट्वेंटी प्लस हो जाता है जो भाई ठीक ही ठाक प्लस था इतना खराब नहीं था